मांगी थी खुशियां खैरात में दे दी कुछ पल के लिए उधार मांगी थी खुशियां खैरात में दे दी कुछ पल के लिए उधार जब से तुम बिछड़ कर गई हो जिंदा भले ही है पर पड़े हैं बीमार इलाज मुमकिन मिलन पर ही होगा इलाज मुमकिन मिलन पर ही होगा जहाँ भी हो चले आओ गले लगा लो और करो मेरा यू सरोकार जहाँ भी हो चले आओ गले लगा लो और करो मेरा यू सरोकार और करो मेरा यू सरोकार